मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर उमा भारती ने अपनी पार्टी की शिवराज सरकार को चुनौती दे दी है मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शराबबंदी पर कहा कि साल भर के अंदर शराबबंदी पर ऐसी दहशत भर देंगी कि यहाँ के अधिकारी और प्रशासन सब दहशत में आ जाएंगे उमा भारती ने कहा कि सरकार ऐसी नीति बना दे की दुकाने ही नहीं खुले मध्य प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शिवराज सरकार को घेर लिया है हालांकि वे पहले भी शिवराज सरकार को चुनौती दे चुकी है मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की मांग भी है उमा भारती ने कहा कि वह छह महीने या साल भर के अंदर शराबबंदी पर ऐसी दहशत कर देंगी कि यहाँ के अधिकारी और प्रशासन सब दहशत में आ जाएंगे क्योंकि भय बिन हो न प्रीति उन्होंने कहा कि मैं आती हूँ तो दुकानें बंद हो जाती हैं और मेरे जाने के बाद दुकान तुरंत खुल जाती है ऐसा नहीं चलेगा मैं नहीं मानती की कोई तीस मार्खा है मैं साठ मार्खा बनना चाहती हूँ और चाहती हूं कि सरकार ऐसी नीति बना दे कि दुकानें खुले ही नहीं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ लेकिन हां, एक साल छह महीने में ऐसी हालत में जरूर कर दूंगी कि दहशत में आ जाएंगे अधिकारी भी आ जाएंगे करना पड़ेगा भय भी इन प्रीतना हुए सामने अब ये बात उन्होंने मुझे कही है कि गाँव गाँव में लोग इससे निकलना चाहते हैं तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है विधायकों को कहा जनप्रतिनिधियों को कहा मुख्यमंत्री जी को कहा मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोग उनको शपथ दिला रहे हैं <laughs> तो मेरे आने पर फटाफट सटाफट बंद हो गए और मैं चली गई से खुल गए नहीं, नहीं, यह नहीं चाहिती। मैं ये नहीं चाहती मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए ये भी नहीं होगा यदि मैं इसको में कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती कि कोई तीस मारखा आ गया और इसलिए तो बंद हो गए और हम बहुत बड़ी थी नहीं मैं बड़ा मैं तो साठ मारख बनना चाहती हूँ नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना बंद हो तो खुले ही ना